हेलो गाइस कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं एक कंटेंट और लेकर के आया हूं आपके लिए तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है UMT एम टूल के ऊपर UMT एम प्रो के ऊपर वो हमारा अपडेट है जो कि कॉलकम के कॉलकम CPU पी के ऊपर हमारा अपडेट है तो चलिए हम इस अपडेट को आपको बताते हैं वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा अगर आप वीडियो में आप में तो हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लीजिए जैसे हमारे नए नोटिफिकेशन तो तो हम तो हम हम और थोड़ा सा तो चलिए को फटाफट स्टार्ट करते हैं तो गाइस, आपको दिखाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे UMT tool है तो देखिए हमने डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको किया है ये देखिए UMT का जो क्यूसी फायर है सेवन आपको मैं थोड़ा सा और बैक करके दिखाता हूँ आपको UMT सपोर्ट खोल लेना है आप यहाँ से बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास UMT है तो आप UMT का सपोर्ट टू डाउनलोड कर लें इसके बाद हम इंस्टॉल में आ रहे हैं इंस्टॉल में आने बाद गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अपडेट आया हुआ है ये सेवन जो कि आज ही अपडेट आया हुआ है सात नवम्बर को ये हमारा अपडेट आया हुआ है हमने बस इसको क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ही सेफ तरीके से हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो, तो, तो हमने डाउनलोड कर लिया है अब इससे हमें डबल क्लिक करके इसको हम करने वाले हैं इंस्टॉल करने वाले हैं गाइज तो चलिए वीडियो को हम फटाफट कंटिन्यू करते रहते हैं तो अब इसको थोड़ा सा मेनवाइस कर देते हैं इसको हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे कर देते हैं यस उसके बाद हम इसके यूएमटी के अपडेट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं मैन्युअली यहाँ पे कि कैसे है हमारा है तो चलिए यहाँ पे फिलहाल ये हमारा हो रहा है नेक्स्ट कर देते हैं नेक्स्ट कर देते हैं ये हम कर रहे हैं सेटअप को इंस्टॉल गाइस तो यहाँ पे आपको सारा प्रोसीजर मैं वीडियो में कवर करता हूँ सब कुछ ए टू जेड कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं कैसे उसमें क्या अपडेट आया है कैसे उसको इंस्टॉल करना है कैसे डाउनलोड करना है गाइज तो ये सारा वीडियो में मैं कवर करता हूँ तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है चलिए अब हमारा जो ये अपडेट आया हुआ है रिसेंटली, पे अभी आपको शायद इस पोस्ट में ना दिखाई दे रहा हो क्योंकि आज का ही अपडेट है तो 7.3 का अपडेट ये दिखा रहे हैं बाकी यहां पे आ गया है। तो सडनली ये भी अपडेट होने में शायद थोड़ा सा इनको टाइम लग जाए बाकी मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ सारी चीजें चलिए तो अभी फटाक से ये ओपन हो जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नया पे क्या है तो चलिए कर देते हैं ओके और ये इसको आप एक बार रिपेयर कर दें कोई दिक्कत नहीं है ये आपका सिस्टम ए C++ है विजुअल इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो एक बार रिपेयर भी कर सकते हैं बाकी उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है तो गाइस चलिए भी देखते हैं कि इसमें हमारा जो क्या क्या इसमें हमारा देखने को मिल जाता है ये सारी चीज़ हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा ये हमारा हो रहा है रिपेयर अभी इसको कम्प्लीट हो जाएगा ये हमारा रिपेयर हो चुका अब इसे हम कर देंगे क्लोज इसे कर देना है नेक्स्ट और हम कर देंगे रन तो अब हमारा जो ये अपडेट है यस कर देना है तो इससे हमारा ये सेटअप खुल जाएगा क्यू यूएम का क्यूसी फायर फोर सेवन uh, फॉइन फोर तो अब इसके अपडेट में देखते हैं गाइस कि इसमें हमारा क्या क्या अपडेट हो रहा है और क्या क्या अपडेट हुआ है चलिए तो अभी यहाँ पे जी सो में भी अभी रिसेंटली अपडेट नहीं हुआ है हमारा अपडेट हो जाएगा बहुत जल्द यूएमटी का सेटअप अपडेट हो जाएगा गाइस तो फिलहाल अभी वहाँ पे अपडेट नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको पोस्ट दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं कॉलकम का सेवन पॉइंट फोर जैसे ही जो भी हमेशा नया अपडेट आता है आपको इसके अपडेट के साथ जुड़े रहना है जो कि कॉलकम सीपी के लिए बहुत ही बेटर टूल है तो चलिए इसके हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैसे मैंने इसको डाउनलोड किया कैसे इसको इंस्टॉल किया और इसमें क्या क्या नया फीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं तो ये उसके अपडेट्स के बारे में है सारी चीजें का तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी आपको सारे इंटरफेस के बारे में इसको पता ही है इसमें जो भी अपडेट होता है तो जाहिर सी बात है जो हमारा सेवन था और सेवन फोर है तो गाइस उसमें हमारे नए नए सेटअप और जो भी नए सेट को नए हमारे बूट हमारा जो बूट होता है हमारा जो फायर होता है वो लोडर जो होता है वो उसे इस फोन इस हमारे पैकेज में लोड किया जाता है सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो तो गाइस ये तो हमारा जो पहला टैब है ये फ्लैशिंग का टैब है एनी कॉलकम सीपियो को आप यहाँ पे प्रोग्राम पर टिक करके यहाँ पे, पे फ्लैश कर सकते हो ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे बताई हुई है रीड टूल में अगर हम बात आए तो यहाँ पे आपको जो मॉडल्स है वो सारी चीजें यहाँ पे नए मॉडल्स कुछ भी एड हो जाते हैं जैसे आप अपना जो भी यहाँ पे मॉडल तो देख सकते हैं इतने सारे कॉलकम से रिलेटेड यहाँ पे मॉडल्स हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कैसे यहाँ पे कॉलकम से रिलेटेड इतने सारे मॉडल्स हैं सेवन पॉइंट फोर में टैब ये पुराने वाले ही टैब है इसमें कुछ नया टैब यहाँ पे नहीं आया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टैब नहीं है यहाँ भी कोई टैब हमारा नहीं है ये पुराने ही टैब है सोमी स्पेशल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेट एमआई का भी ये भी हमारा पुराना ही टैब है ये इसमें भी हमारा पहले से ही ये सारे टैब थे और यहाँ पे जो भी इन्होंने ऐड किया हुआ है ये हमारा एडवांस फ्लेसर है गाइस एडवांस फ्लेसर में आप फाइलों को कस्टमाइज कर सकते हैं मतलब फाइलों को रीड कर सकते हैं ये सारी चीजें यहाँ पे इेज कर सकते हैं कुछ भी चीजें ये आप जब स्टेप बाय स्टेप आप एम या फिर सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन करते हो तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होती है गाइस उसके बाद हम फॉर्म बेर ये आपको पता ही है कि ओएपी फाइल और यहाँ पे आप देख दो एपीपी फाइल को आप यहाँ पे ओएपी फाइल और एपीपी फाइल को आप यहाँ से इस टूल के माध्यम से भी स्ट्रैक कर सकते हो और बाकी चीजें यहाँ पे अगर हम बात करें सारी चीजें तो यहाँ पे मोटो बूट रिपेयर वीवो, वीवो का है जैसे कि मैंने इसमें फार पीस की रिमूव की हुई है गाइस अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाइएगा तो आपको व्यू वाई ट्वेंटी का इसमें इस मैथड से आपको उसकी फॉर्मेटिंग का वीडियो भी मिल जाएगा सौमी एबी फ्लैशर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे फ्लैश करने एक ऑप्शन मिल मिल जाता है है सारी चीजें आपको पे पे देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली गाइस सेफ स्पीड है वो सारी चीजें हैं बेसिकली जो हो रहा है यहाँ पे मॉडल्स ऐड हो जाते हैं जैसे कि अगर हम हमो ओप्पो की किसी की बात करें गाइस अगर हम विवो की बात करते हैं या ओप्पो की बात करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ओप्पो को ले लेते हैं तो ओप्पो को ले लेते हैं तो यहाँ पे रैनो सिक्स भी इन्होंने ऐड किया हुआ है ये काम सारा आपको टेस्ट पॉइंट कनेक्टिविटी का है अगर ये हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अगर हम सोमी की बात करें तो सोमी में भी बहुत सारे नए नए मॉडल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे नाइन प्रो नाइन ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी मतलब इतने सारे मॉडल्स आप उसकी अनलॉकिंग एफ और यहाँ पर एम अकाउंट रिमूव कर सकते हैं गाइस तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा है तो मैंने जब इसको डाउनलोड किया था यू एम सपोर्ट हमें खोलना है यूएम टी सपोर्ट खोलने के बाद यूएम के ऑफिशियल साइड में शायद इसके अपडेट्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए हमेशा तो हम यहाँ पे जाते हैं सीधे इसके ऑफिशियल सपोर्ट में जाते हैं ऑफिशियल सपोर्ट में जाने के बाद ये जिसम फॉरम पर ही इन्होंने ले तो यहाँ पर सेवन है बेसिकली और चलिए एक बार यहाँ पे जाते हैं ऑफिसियल साइट पे जाते हैं तो ये यूएमटी का ऑफिसियल साइट ये देखिए यूएमटी का अन, अल्टीमेट मल्टी टूल ये हम आ चुके हैं यूएमटी के ऑफिसियल साइट में यहाँ पे अल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड एम टी के ये सारा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है यहाँ पे अगर डाउनलोड की बात करें तो डाउनलोड में आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाता है गूगल ड्राइव अपडेट ड्राइवर फॉर्म बेर ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है फॉर्म ड्राइवर अपडेट्स तो ये तो इनके ऑफिशियल साइट के बारे में एक बाकी ये बहुत अच्छा है यहाँ पे जैसे आप करोगे गूगल ड्राइव मेरा ड्राइव ये आपका डाउनलोड का एक साइट है जो कि आपका यहाँ से खुल जाएगा तो सपोर्ट है इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है आप इसको यूज कर सकते हैं बाकी ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो कि इसमें अपडेट क्या है सारी चीजें हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में